के लिए गुरु गुरु की हार्डिक गुरु की है। है। लाइफ लाइफ में में बहुत बड़ा रोल निभाता अगर गुरु ना हो हो तो जीवन ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। और जब गुरु अच्छा मिल जाता है तो लाइफ बहुत स्मूथली चलती है जब गुरु की जरूरत लाइफ में हमेशा पड़ती है बच्चे के लिए जब माँ बाप गुरु होते हैं तब आप देखते हैं कि बच्चा जो सीखता है जो कुछ सबसे पहले बच्चा अपने घर वालों से सीखता है माँ बाप भाई बहन जो उसके बड़े होते हैं उनसे सीखता है फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है स्कूल जाना शुरू कर देता है तो स्कूल से सीखता है और उसके बाद जब वो स्कूल के बाद जब वो कमाने के लिए निकलता है कुछ करने के लिए निकलता है अपने नाम बनाने के लिए निकलता है तब उसको वहां भी ग्रु की जरूरत पड़ती है यू नो हर किसी के लाइफ में ग्रु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और जब इतने सारे चीज़ों में गुरु की जरूरत पड़ती है गुरु अगर खुश है ना तो ये समझ लिए आपकी लाइफ खुश है गुरु का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो आज कोशिश करें कि आपको जिसने भी जो भी सिखाया है तो आप एक प्यार सा हक दें और हाय हेलो जरूर बोलें पैर छुएं अगर आप पैर छू सकते हैं तो पैर छुए गुरु के और इसमें इसमें कोई कोई मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई है कि बुराई नहीं आपको अच्छा लगे, आप तो उनको बस थोड़ा सा हाय हेलो कोशिश करें कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भेज दे। दें गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपको तो उनका आशीर्वाद मिल जाए या आपको तो आशीर्वाद मिला हुआ है पहले से तो उनको इस तरीके से धन्यवाद दे सकते हैं तो ये तो रही एक गुरु की अब बात अपात कथ है पूर्णिमा की दोनों तो को मिला के बात हो रही थी गुरु पूर्णिमा तो अभी अपा पूर्णिमा तो की थी, अब बात पूर्णिमा पूर्ण के भी एक अपने अलग अलग फायदे है जैसे ज्योतिषी में एक अलग फायदे बताए जाते हैं और मैं स्वास्थ्य के हिसाब से बता रही हूँ तो इसमें जो फायदे है, हैं अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और जमीन पर सिर्फ पतला कपड़ा बिछाना है दूसरा अगर लेडीज करती है तो उसके ऊपर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए ठीक है मेकअप होगा इसका रीजन क्या है जैसे मान लीजिए कोई विंडो है और धूप आ रही है आपने उस पर कर्टन डाल दिया तो धूप हल्की हो गई तो ऐसे ही जब आपकी बॉडी पर फेस पर मेकअप होगा तो जो चांद की जो रोशनिंग होती है ना वो आपके अंदर तक नहीं जा पाएगी अच्छे से तो वो मेकअप जो है मेकअप मेकअप की लेयर होती है ना उसको रोकेगी इसीलिए फेस पर या पर या बॉडी कहीं भी कोई भी कोई मेकअप ना हो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का सिर्फ सादा सिंपल और इसी तरीके से बैठना है जमीन पर बैठना है क्योंकि तो जमीन से आपको अपने आप को जोड़ना है और चांद से ठीक है आप अगर आप किसी और चीज पे जैसे चेयर पे बैठेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा तो जमीन पर ही बैठना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है इस तरीके से ये जो उंगलियां होती है ये वाली फिंगर फर्स्ट वाली और ये थमे कुछ बंद कर बैठना है कल देखने को मिलेगी क्योंकि आज मैं राहत में कुछ करने वाली हूँ तो पूर्णिमा के दिन अगर प्रेग्नेंसी के टाइम पर चांद की रोशनी में रहा जाए तो उससे भी लाभ होता है जो उसकी चांद की रोशनी पड़ती है ना तो उससे बहुत फायदा होता है उधर काया पाने के लिए सिर्फ खाना और लगाना ही सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है अगर आप सुंदर काया के लिए अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर और उसकी रोशनी के नीचे आप रहेंगे तो उससे भी सुंदर काया मिलती है तो आज के दिन घर के सेंटर पर दीपक जलाएं और पिंडो से जो आप कर्टन डाल के रखते हैं उसको हटाएं चांद की रोशनी को आप घर के अंदर आने दें और जो दीपक है ना वो वहां रखें जहाँ पर अंधेरा है चांद की रोशनी नहीं पहुँच रही है वहां रखें पांच दीपक तो आप जरूर जलाए क्योंकि पांच दीपक आप दोनों गेट पर आप अपने गेट के जो दोनों कॉन्डर होते हैं वहां रख सकते हैं तुलसी तो पर जला सकते हैं मंदिर पर रख सकते हैं अपने घर के मंदिर पर या आपके घर के बाहर कोई मंदिर है तो वहां रख सकते हैं आप घर के जो सेंटर है वहां जरूर रखें वहां ना भूलें बिल्कुल भी, भी, भी और पीला तिलक लगा दें सेंटर पर क्योंकि वो पूजा का एक स्थान होता है बहुत जरूरी होता है वो स्वास्थ्य में आयुर्वेद के हिसाब से ये बोला जाता है कि आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है तो स्वास्थ्य में अगर पेट ठीक है तो वाकई में सारी प्रॉब्लम ठीक है पेट से ही प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती है और जब ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं जीवन हमारा खराब होना शुरू हो जाता है तो ऐसे ही घर के जो सेंटर होता है ना वो पूजा का होता है आप कोशिश करें कि वहां पर आप नॉर्मली रख सकते हैं लेकिन आज के दिन पूर्णिमा के दिन या कोई अच्छा समय होता है कोई फेस्टिवल होता है कोई पूजा होती है आपके घर में तो सेंटर पर आप उस चीज को जरूर करें क्योंकि तो देखा होगा ना कि जो घर के अंदर पूजा होती है जो पूजा होती है वो सेंटर पर ज्यादा करी जाती है पूजा रूम ले लीजिए रूम में भी सेंटर नहीं रखी जाती है तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट आती है लाइफ में और कोशिश करें कि जो जितनी आप चांदनी रोशनी घर के अंदर ला सकते हैं उतनी कोशिश करें खिड़की दरवाजे आप खोल लीजिए उसे रोशनी आने दीजिए रोशनी आएगी आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर जाएगी तो आज के दिन के ये फायदे आप ले सकते हैं फ्री में है कोई पैसे इसमें कोई खर्च नहीं है ये सारे लाभ ले सकते हैं अब जैसे चांदी पावर है ना चांदी पावर क्या है इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन रात में समुद्र किस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है किस तरफ खींचता है जब उसकी तरफ खींचने की चांद में इतनी पावर है कि वो इतना बड़े समुद्र के पानी को तो इतनी ऊंचाईयों तक लेके जा सकता है तो क्या आपके अंदर ये परिवर्तन नहीं होता होगा आपके अंदर भी यही परिवर्तन होता है देखेंगे आप तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे पूर्णिमा होती है ना तो उस दिन कई लोगों का मूड बहुत अच्छा है किसी का मूड बहुत उदास है तो ये सब इसी का कारण है अब आपको उस दिन ये देखना है कि आपको अपनी पावर कौन सी बढ़ाने अगर आप खुशी की पावर बनाना चाहते हैं तो आप उसको प्रसन्न तरीके से अगर आप किसी को बदला लेने की पावर से देख रहे हैं तो आपकी वही पावर बढ़ेगी फिर है ना क्योंकि उस दिन वो पावर मार रहा है अब आपने जैसे कोई भी हम किसी भी शॉप पर जाते हैं हम जो मांगेंगे वही वो देगा वही तो देगा तो इसीलिए आप तो पॉजिटिव थिंकिंग से बैठे अपने लिए कुछ अच्छा अपनी फैमिली के लिए अच्छा कुछ तो आज के दिन आप इस तरीके से आप बैठिए अपनी जो आपकी इच्छा है वो बोलिए उनसे चांद ना जब स्वीकार करता है ना तो यकीन मानिए आपके लाइफ में ना सिर्फ रोशनी ही होती है जब अंधेरा चारों तरफ से घेरता है ना तो चांद की रोशनी आपको उजाले में लेके आती है और चांद की रोशनी से ही ना चांद की रोशनी पूरी धरती पर बढ़ती है उजाला कर देती है पूरी पूरी धरती को रोशन कर देती है सिर्फ एक चांद और इतने सारे जो स्टार होते हैं वो रोशन नहीं कर पाते जो चांद में क्वालिटी है वो उसमें नहीं है क्योंकि जो चांद के अंदर पावर है अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा और ये नहीं है कि आप कमरे के अंदर बैठे हैं और तुम्हारा दुखान लगाए ऐसा नहीं होगा या खिड़की में से कहीं आ रहा है ऐसा नहीं होगा खुले आसमान के नीचे बैठिए कुछ देर उसको निहारिए यकीन मानिए आपको अंदर से बहुत सुकून मिलेगा ये मैं सिर्फ योग के थ्रू बता रही हूँ आपको जो योग में इसका जो बल बताया गया है ना वो बता रही हूँ मैं आपको और जब किसी के कदम एक होता ना कि कदम पढ़ते ही उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो गया तो यही एक रोशनी है यही एक पावर है जब उसकी पावर मिलती है और कदम रखा कहीं भी जिसमें भी हाथ लगाया वो काम अच्छा हो गया तो यही होती है पावर जब उससे आप ये पावर मांगेंगे तो आपको 100 परसेंट आपको ये पावर मिलेगी दिल से मांगिए लाइफ में बहुत लोग छीनना पसंद करते हैं कि छीन कर मैं ले छीन कर आप ले सकते हैं लेकिन तब तक कब तक चलेगा वो सब कुछ छीन कर नहीं चलता जो दिया जाता है ना लाइफ में वो काम आता है और चांद की पावर अपनी लाइफ में लेने के लिए ये सब कीजिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए है, है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें खुश रहें स्वस्थ रहें थैंक यू बाय